नमस्ते दोस्तों क्या हाल है आपके वेलकम बैक माय चैनल लाइफलाइन विद सिल्वी और उसके इनग्रीडियंट सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक कटोरी मखाने साथ ही साथ हमें चाहिए तीन से चार लंबी कटी हुई आपके चाहिए बादाम फिर हमें चाहिए एक चम्मच देसी घी थोड़ा धनिया पत्ता नमक सेंधा नमक एक छोटी चम्मच नहीं तो आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं आधी छोटी चम्मच आपका है ये काली मिर्च और थोड़ा सा सौट पाउडर जिसे हम ड्राई अदरक के नाम से भी जानते हैं तो आइए बनाते हैं नमकीन मखानों के स्नैक्स पहले मैंने एक पैन में देसी घी एक चम्मच बोला है उसको ले लिया है इसी के साथ हम अपने ड्राई फ्रूट सबसे पहले डालेंगे जो है हमारे बादाम बादाम चार बदाम मैंने काट के डाले हैं इसमें और इसे एक स्टर कर देना है बस एक है बस मिनट चलाना ताकि ये थोड़े से रोस्ट हो जाएं बादाम से होगा कि ये हेल्थीनेस भी देते हैं स्ट्रेंथ भी देते हैं येट आपका कोलेस्ट्रॉल फैट नहीं बढ़ाते हैं व्रत के टाइम री गुड एंड वेरी न्यूट्रिशियस जैसे ही हल्का सा जैसे आपको नजर आए कि कि हल्का हल्का सा सा ये हो हो गया गया है, कि जैसे ही आपको लगे कि हल्का सा रोस्ट हो गया है, तो हम इसमें अपने मखाने डालेंगे और इसे देंगे क्विक स्टर मखाने डालने के बाद साथ के साथ हमें अपने तीनों मसाले जो कि है नमक काली मिर्च और सौट हमें डाल देना है इसमें और इसे देना है एक क्विक स्टर हमें इसे नीचे लगने नहीं देना है ध्यान रखिएगा ये सब कुछ तेज से एक जस्ट ये एक मिनट में क्विक से आखे बनता है और बहुत ही मजेदार और टेस्टी बनता है ये देखिए एक से डेढ़ मिनट हो चुका है अब हम कर देंगे अपना गैस बंद और इसमें हम स्प्रिंकल करेंगे अपना धनिया इसमें स्प्रिंकल करेंगे अपना धनिया। और इसे इसे ठंडा करके सर्व करेंगे। तो सर्व तो आइए करते हैं हमारे तैयार हैं साबुदाने के एंजॉय करिए इस नवरात्रा और वैसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं बना के अपनी फैमिली के साथ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को थैंक यू सो मच फ्रॉम आपकी दोस्त